की बात इस को नहीं सीख सकता इसलिए मुझे लगता है कि शायद यह तुम्हारे काम आ जाए रही बात मेरी तो ये तकनीक मेरे तो किसी काम नहीं आने वाली जाहिर सी बात है कि ध्रुव इरा को फेम मंत्रा के रास के बारे में कुछ नहीं बता सकता था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 वैसे जरा मुझे ये तो बताओ कि आखिर तुम्हें किस तकनीक की तलाश है हो सकता मुझे एक की तलाश है। लेकिन मैं यकीन के साथ नहीं कह सकता कि वो तकनीक मुझे यहाँ मिलेगी भी या नहीं वही ध्रुव का जवाब सुनते इरा एक पल के लिए दंग रह गई फिर उसने खुद पर काबू पाते हुए ध्रुव से आगे कहा सुपर सोनिक तकनीक लेकिन ध्रुव